हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम मोबाइल के द्वारा ही बुक लिख सकते हैं रिसर्च पेपर लिख सकते हैं और भी बहुत सारे लेख हैं वो आप लिख सकते हैं आपको कहीं कंप्यूटर पे जाने की जरूरत नहीं है लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं है मोबाइल से ही आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं सफर में भी काम कर सकते हैं ऑफिस में भी लिख सकते हैं कहीं पे भी अगर आपको 10 मिनट का टाइम मिल जाता है तो आप एक पेज लिख लीजिए अगर आप एक पेज भी एक दिन में लिख पाते हैं 10 मिनट, मिनट निकाल करके 15 मिनट निकाल करके मैं मानता हूँ दस से पंद्रह मिनट अगर आप निकाल पाते हैं तो सौ दिन में कितना पेज हो गया सौ पेज हो गया तीन सौ पैंसठ दिन में तीन सौ पैंसठ पेज हो गया एक सवाल आता है कि कितना पेज पुस्तक होना चाहिए तो कितने पेज पुस्तक होना चाहिए तो कम से कम आप ये मान लीजिए कि सौ पेज भी अगर आप ए, लिख पाते हैं तो एक पुस्तक आपकी तैयार हो जाती है सौ पेज की पुस्तक भी काफ़ी सम्मानजनक है कोई दिक्कत की बात नहीं है आप सौ पेज की भी पुस्तक निकाल सकते हैं ई बुक निकाल सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ई बुक कैसे बनाते हैं तो बहरहाल आप जो है ए, दस मिनट डेली निकालिए और एक पेज आप लिखिए चाहे वो रिसर्च पेपर के लिए हो चाहे आर्टिकल के लिए हो या आप बुक के लिए हो आप कंप्लीट बुक लिखे सौ पेज डेढ़ सौ पेज तो आप कम से कम एक अदद बुक तो साल में लिख ही सकते हैं और कोई भी लिख सकता है बुक लिखने के लिए कोई आपके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि बीए चाहिए या एमए चाहिए या पीएचडी चाहिए बुक लिखने के लिए आप उस स्किल में महारत हासिल हो आप कोई टेक्नोलॉजिकल बुक भी लिख सकते हैं आप कोर्स की किताब भी लिख सकते हैं जो भी चीज आपके अंदर है आपके अंदर कोई क्वालिटी है कुछ बातें बताना चाह रहे हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं तो चलिए हम बताते हैं कि बुक के लिए कौन सी वर्ड फाइल बेहतर होगी उसको हम लोग पहले डाउन कर डाउनलोड करेंगे। एक क्या कहते हैं कि वर्ड फाइल है माइक्रोसॉफ्ट का उसको आप डाउनलोड करें और उसमें बहुत आसानी से बुक को आप लिख सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं चलिए तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे वहां हम वर्ड लिखेंगे देखते हैं इसमें एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड राइट एडिट करके है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड राइट एडिट इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे इसको हम डाउनलोड करते हैं ये हमारे में मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोड है तो इसको हम ओपन कर लेंगे इसको ओपन कर लेंगे और हम यहाँ प्लस के देखिए ये हमारी फाइल है मीडिया की भूमिका भारत का भूगोल ज्योग्राफी इंडियन इस फाइल सब है हमारी ये बनी हुई है मैं इसी पे काम करता हूं तो यहां प्लस से आप इसको ले लेंगे और यहां पे ये टाइप आ जाएगा मैं आपको ये बताऊं इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ आप प्लस में आएँ टे टूर मे के लिस्ट टेक नोट्स बहुत सारे इसमें फंक्शन हैं Title, कैसे आप बायोडेटा तैयार करेंगे रिज्यूम बिजनेस लेटर चिप्स देखिए जर्नल कैटलाग बोल्ड कोवर लेटर बोल्ड रिज्यूम बिजनेस लेटर सारे इसमें आपको आइडिया दिए हुए हैं आप जो है ना ब्लैंक पेपर पर जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे हम uh, heading डालते हैं media की भूमिका ये क्या करें इसका वर्ड थोड़ा बढ़ा देते हैं ये छोटा है तो बहरहाल इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ये मैंने चौदह पे कर दिया ठीक है मीडिया की भूमिका अभी ये क्या करें इसको हम ये भी कर सकते हैं बड़ा कर दीजिए आप इसको हेडिंग है ये हमारा और इसको फॉन्ट को कलर भी आप दे सकते हैं हमने कलर दे दिया और बड़ा कर दीजिए ये हेडिंग है और इसको बोल्ड भी कर दिया ठीक है अब हम क्या करेंगे साथ साथ में इसको हम बीच में लाना चाह रहे हैं तो बीच में भी ले आए अब हम चाह रहे हैं कि लिखें चलिए ये हेडिंग हो गया अब हम लिखना चाह रहे हैं तो अब आ रहे हैं हम लोग यहाँ से इससे स्पेस है आ हाँ जाइए हम लिखते हैं मीडिया तंत्र का ये कलर आप चेंज भी कर सकते हैं कलर नहीं भी कर सकते हैं प्लेन भी कर सकते अगर हम चाहते हैं कि कलर नहीं करें तो हमने छोड़ दिया मीडिया लोकतंत्र का एक सेकेंड हमने उसको लोकतंत्र का चलिए वो बाद में कर लेंगे चौथा स्तंभ है मीडिया का कार्य सरकार के कार्यों के बारे में पता लगाना है और सरकार से प्रश्न करना है ये बाद में आप कलर चेंज कर लेंगे आ गया ये मीडिया जनता की आवाज बनकर जनता की समस्या या को सरकार के सरकार के सामने लाती है तो ये आप ये देखा कि हमने दो मिनट में इतना लिख लिया आप पांच मिनट आठ मिनट दस मिनट में एक, एक पेज लिख सकते हैं अब हम इसको क्या करेंगे आप चाहेंगे इसको देखिये सिलेक्ट ऑल कर लीजिए जिस कलर से आप चाहेंगे आप चाहें तो व्हाइट कर लें सॉरी ये व्हाइट अलग ही है आप आप चाहें तो इसको कवर रखें आप चाहें तो इसको किसी और कलर में कर लें देखिए मैं येलो कलर कर लीजिए या आप चाहें तो इसे इस येलो कलर में कीजिए या आप चाहें तो रेट रहने दीजिए या ये मैंने शुरू में किया था तो चूँकि ये कलर हो गया बिना कलर के भी हो सकता है वाइट जो किताब लिखी होती है इस तरह से आर्टिकल रिसर्च पेपर आप लिख सकते हैं साथ साथ में इसका बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हैं अब इसको कैसे सेव करेंगे ये यहाँ आप देखिए ये जो तीन चार बिंदु है उस पर आप टच करें सेव एज को टच करें और य आप लिखें मीडिया आप ऐसे लिखें लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका यह आपने टॉपिक बना दिया यहां लिखे दिस डिवाइस को टच कर दीजिए और डॉक्यूमेंट को टच कर दीजिए और सेव कर दीजिए अब देखिए ये सेव हो गया आपके फ़ोन में लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका इस प्रकार आप कोई भी नई किताब नया पेपर और कुछ भी आर्टिकल वगैरह बैठे बैठे आराम से कहीं पे भी आप मोबाइल के सहारे लिख सकते हैं कोई आपको आवश्यकता नहीं मैंने एक वीडियो बनाई थी और इसमें ये वही चीज़ है लोकतंत्र मीडिया की भूमिका पर आवाज नहीं आ रही थी टेक्नोलॉजिकली तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया का सरकार के कार्यों के बारे में प्रश्न करना है मीडिया लोगों की आवाज बनकर सरकार के सामने उनकी समस्याओं को रखती है तो ये हमने इस तरह से आप आ, अपना और ये कभी भी आप ओपन करें फिर आप यहाँ से लिखना यहाँ एडिट कर दीजिए उस पेन पर पे। फिर यहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिए और ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाता है ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है तो इस प्रकार आप एक बुक लिखने की शुरुआत कर सकते हैं और कोई समस्या है तो हमसे जरूर पूछिएगा चलिए इस प्रकार हम लोगों ने समझ लिया कि बहुत आसानी से अपना दस मिनट निकाल करके पंद्रह मिनट निकाल करके नहीं 10 मिनट है पाँच मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं आप जिस काम से भी जुड़े हुए हैं अगर आप अपना विचार रखना चाहते हैं अपनी किताब लिखना चाहते हैं किसी भी प्रकार की किताब लिखना चाहते हो चाहे प्रोफेशनल हो चाहे एडुकेशनल हो चाहे कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित हो तो आप इस काम को कर सकते हैं और बहुत आसान है कम से कम आप साल में जो ईगर है कि मेरी एक किताब आ जाए तो साल में कम से कम आप एक किताब तो निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको क्या कहते हैं शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू वेरी मच